बदलाऊँगा नमाज की अहमियत के नमाज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है आज हम बेगफलती में पढ़ हमें शर्मिंदगी भी नहीं होती है हमें अफ़सोस भी नहीं होता कि मौजिना जाने दे रहा है मस्जिद में कुछ गिने चुने चंद लोग जा रहे हैं और लोग सब अपने के कामों के कामों में मशगूल हैं कोई नहीं इस तरफ ध्यान देता कि हमें अल्लाह की तरफ जाना चाहिए जबकि मेरे भाई हर कौम की एक पहचान होती है जिससे वो लोगों में क्या करी जाती पहचानी जाती है इसी तरह मुसलमानों की एक ख़ास पहचान दिन और रात में पांच वक्त जमात के साथ नमाज अदा करना है नमाज इंतहाई अहम इबादत है ईमान के ईमान के बाद सबसे पहला और सबसे अहम फरीजा जो जो इंसान पर लाजिम होता है वो नमाज ही है इसी से अल्लाह की रजामंदी हासिल होती है दिल को सुकून मिलता है दुनिया की परेशानियों से निजात मिलती है इसलिए हमें चाहिए खुशू और खुजू के साथ नमाज जमात अदे करने की कोशिश करें और अगर कोई मुसीबत या परेशानी आए तो नमाज़ पढ़ कर अल्लाह से मदद मांगें मेरे भाई नमाज बहुत अहम चीज़ है देखो आसमान पर धूप चाहे जितनी तेज़ हो लेकिन छोटे से छोटे बादल उन सूरज की किरणों को रोक देते हैं मेरे भाई इसी तरह इंसान के गुनाह चाहे जितने हो, जितने ही भी ज़्यादा हो, लेकिन नमाज उनको उन गुनाहों से रोक देती है उन गुनाहों को माफ़ करा देती है मेरे भाई नमाज गुनाहों को इस तरह धो देती है जैसे पानी गंदगी को धो दे, देता है पानी में अल्लाह ने ते एक खासियत रखी है कि वो बदन और कपड़ों पर लगे मैल कुचैल को दूर कर देता है जिस तरह पानी के इस्तेमाल से बदन और कपड़ों की सफाई हो जाती है इसी तरह नमाज का अहतमाम करने की वजह से इंसान गुनाहों से पाक साफ हो जाता है हदीस शरीफ़ में है कि आप सल्ला वम ने एक मरतबा अरशाद फरमाया बताओ अगर किसी शख्स के दरवाजे पर नहर बह रही हो जिसमें वो पाँच बार नहाता हो जिससे पाँच बार वो गसल करता हो क्या उसके बदन पर मैल कुचैल बाकी रहेगा सहबा कराम ने अर्ज़ किया जी कुछ नहीं बाकी रहेगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही हाल पांचों नमाजों का है कि अल्लाह उसकी वजह से गुनाह को मिटा देते हैं तो नमाज इस तरह गुनाहों को धो देती है जैसे पानी क्या करता गंदगी को धो देता है तो मेरे भाई नमाज के छोड़ने पर जान माल के लूट जाने से ज़्यादा हमें गम होना चाहिए नमाज की बड़ी अहमियत है इसे छोड़ना अदा ना करना बड़े नुकसान और ख़सारे की बात है जितना अफसोस माल दौलत के छिन जाने पर होता है इतना ही अफसोस और नमाज के चले जाने पर नमाज़ छोड़ने पर हमें गम होना चाहिए बल्कि उससे ज़्यादा ग़म और अफसोस होना चाहिए चुनान जो हजूर सल्ला वसम का अरशाद है जिस शख्स की एक नमाज भी फौत हो गई वह ऐसा गोया उसके घर के लोग और माल दौलत सब छीन लिया गया सिर्फ एक नमाज छोड़ने पर हजूर सलील आल वम ने इतनी सख्त फ़ायद में सुनाई है सोचो गोया उसके घर के लोग दौलत सब कुछ उसका छिन गया और जो लोग नमाज़ छोड़ने के आदि हैं पढ़ते ही नहीं हैं महीने महीने हुए जा रहे हैं बस खाली जुमा जुमा पढ़ते हैं वो क्या कितनी सख्त उपायद होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मेरे भाई तीसरी चीज़ समझी है मुसीबत और परेशानी में नमाज़ की तरफ मुतवजह होना चाहिए नमाज अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है इसलिए हर परेशानी के वक्त नमाज पढ़ना गोया अल्लाह की तरफ मुतव होता है और जब अल्लाह की रहमत हमारे साथ हो तो फिर कोई ग़म और परेशानी बाकी नहीं रहती इसलिए हर परेशानी के वक्त नमाज़ पढ़ कर अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं ईमान वाल सबर और नमाज से मदद हासिल करो नबी करीम सलील्लाम का अमल भी यही था जब भी आपको कोई सख्त काम पेश आता तो आप फ़ौर नमाज़ की तरफ मुतवजह होते चुनानचूर चनानचे हरत हुफ़ा रज़ील फरमाते हैं कि नबी अक्रम सल्ह वसम को जब कोई सख्त काम पेश आता तो फ़ौर नमाज़ की तरफ़ मुतवज़ो होता और उससे मदद लेते तो मेरे भाई कितना कितनी बड़ी अहम चीज़ है हाँ मैं जो भी परेशानी पहुँचे हमें क्या करना है नमाज औरब्र से मदद हासिल करना है अल्लाह से पाँचों नमाजेंहतमाम के साथ वक्त पर अदा करने वाले अल्लाह को जन्नत में दाखिल कराएँगे जो शख्स पाँच नमाजें वक्त पर अदा करेगा उसके लिए अल्लाह ताली का वादा है कि उसको जन्नत ज़रूर कि अल्लाह तक जन्त में ज़रूर दाखिल करेंगे जो शख्स ऐसा ना करेगा तो अल्लाह ताली का उससे कोई वादा नहीं है उसकी मफ़रत फरमाएँ चाहे आज़ाब ने हजूर सल्ला वसलम का अर्शाद है कि अल्लाह तरमाया मैंने तुम्हारी उम्मत पर पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और उसमें और इसका मैंने अपने लिए कर लिया और इसका मैंने अपने लिए कर लिया है जो शख्स इन पांच नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा करने का अहतमाम करे मैं उसको अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा और जो इन नमाज़ों का अहतमाम ना करे तो मुझ पर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है मेरे भाई नमाज के अरकान हमें अच्छी तरह अदा करना नमाज हमें पढ़ना है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है आज हम नमाज को बस मामूली सा समझ छोड़ देते हैं ये समझते हैं कि ये नमाज़ ये मुल्ला मौलवी यह हाफिज़ ये कारी ये इन्हीं सब लोगों के लिए हमारे लिए बस खाली काम ज़रूरी है मेरे भाई कुछ नहीं अगर वो अल्लाह आपसे ये सारी चीज़ें छीन ले आपके दिमाग में जो काम की बेहतरीन कलाकारी है तो फिर बताओ जब तुम उसका वक्त पर अदा ही नहीं कर रहे हो उसने आपके साथ इतने एहसान किए हैं लेकिन आप क्या है उसके एक भी एहसान के बदले उसकी तरफ आ ही नहीं रहे वो अगर छीन ले तो फिर बताओ कौन सी ऐसी ताकत है जो वो आपकी सारी चीज़ों को बहाल कर सके दोबारा कोई है ताकत नहीं है वो सिर्फ़ हमारे रब की ही जात है तो मेरे भाई उसका कहना और उसका हुक्म सुनना हमारे ऊपर ज़रूरी होता है अक्लमंद आदमी होता है वो क्या करता है वो सोचता है ये दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए बेकार रहे ये दुनिया की ज़िंदगी क्या करती है हमें अपनी आखिरत से गाफिल करती है आखिरत से हमें बे... क्या करती है? नुकसान पहुंचाएगी आखिरत में हमें तो वो क्या करता है अक्लमंद आदमी इस दुनियादारी को छोड़ देता है वो कहता है जितना हो सकेगा हम अपनी ज़ात से उस रब के काम को बजा लाएंगे उसके हुक्म की फरमावरदारी करेंगे तो मेरे भाई मस्जिद में नमाज के इंतज़ार में बैठने का स्वबाव नमाज पढ़ने वाले की तरह है मुसलमान नमाज के इंतज़ार में जितनी देर मस्जिद में बैठता है अल्लाह उस बैठने पर भी नमाज़ का उसको सवाब देते हैं मसला आप हजरत उस वक्त यहाँ मस्जिद में बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि नमाज का इंतज़ार है जितनी देर आप बैठे हैं चाहे खामोश ही बैठें कोई काम नहीं कर रहे ना नमाज़ पढ़ रहे हैं ना तिलावत कर रहे ना जिक्र करके कर. बल्कि ख़ाली बैठे हैं लेकिन चूँकि नमाज के इंतज़ार में बैठे हैं तो ये बैठना भी शवाब से ख़ाली नहीं है नबी अक्रम सल्ह वर्षात फरमाया मस्जिद में बैठकर कर नमार, नमाज नमाज़ का इंतज़ार करने वाला नमाज पढ़ने वाले की तरह यानी उसको नमाज़ पढ़ने वाले की तरह सवाब मिलता है तो मेरे भाई नमाज अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए नमाज में हमें अल्लाह से लौ उम्मीद लगा के नमाज़ हमें पढ़ना चाहिए तो मेरे भाई नमाज का अहतमाम करो आज हमारे मुस्लिम माशरे में ये जो माहौल हो गया है कि जब जुमे का दिन आएगा तो ही नमाज़ के लिए मस्जिद जाएंगे बकरिया दिनों में मस्जिद जाने का हमें ख्याल ही नहीं आता दर हकीकत ये गैरों का तरीका है कि किसी एक दिन जमा होकर हम इबादत कर लें और बाकी दिनों की हम छुट्टी कर दें हमने सिर्फ यही समझ लिया है कि जुमे के दिन मस्जिद में जाना चाहिए हालांकि जिस तरह जुमे की नमाज़ फ़र्ज है इसी तरह रोज़ाना पांच वक्त की भी नमाज फ़र्ज है जिस तरह जुमे के दिन मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है इसी तरह आम दिनों में भी मस्जिद में आकर नमाज की अदायगी ज़रूरी है लिहाजा हमें चाहिए कि वक्त की मतलब क़दर करें और पाँचों वक्त की नमाजों को वक्त पर पढ़ें पाँचों वक्त की नमाजों को वक्त पर पढ़ें और जमात का अहतमाम करें अपने घर की मस्तूरात को भी नमाज़ पढ़ने की ताकीद करें उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हजूर सल्ल वम विशाल के वक्त आखिरी वसीयत फरमाई उसमें नमाज के एहतमाम का हुक्म फरमाए हजत अली कहते हैं आप सल्ला वल् ने आपने आखिरी वक्त में नमाज़ के अहतमाम और गुलामों और मातहतों के हकूक अदा करने की ताकद फरमी तोल्ला तला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोहफ़ी अदा फरमाए और हमें नमाज पढ़ने की तोफ़ी अदा फरमाया खुशू व खजू के साथ नमाज़ पढ़ने की तोफ़ी अदा फरमाया आमिर